ब्रेकअप ठीक है लेकिन कभी एक दोस्त को खोया है एक ऐसा दोस्त जिसके होने से सब कुछ था और ना होने से सब कुछ सुना सोना सा हो गया जब गहरी दोस्ती टूटती है तो दिल में बहुत दर्द होता है और घुटन ज़्यादा हो जाती है जब वजह समझ में ना आए बेवजह दूर हो जाते हैं लोग ना कोई वजह होती है और ना ही कोई बड़ी लड़ाई बस धीरे धीरे बात होनी बंद हो जाती है और मुड़के देखते हैं कुछ वक्त बाद तो वो शख्स कभी ज़िंदगी में देखता ही नहीं बस पुरानी बातें और पुरानी यादें रह जाती हैं मुझे नहीं पता तो मुझे सुन रहा है या नहीं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और मैं खुशकस्मत था जो तूसन था लेकिन यार इस प्यारे से रिश्ते को यूँ बेवजह किसी छोटी बड़ी बात पर ख़त्म ना करें बस कद्र है शायद इसलिए ये सब कह रहा हूँ नहीं होती तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता बाकी तो खुश रहें जहाँ भी है तेरी कामयाबी की हमेशा